डीजी एंड क्लब शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट एंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए

सो so गाइड आज बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिन बाद एक लॉन्ग राइड पे फिर से निकला है इसीलिए मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ एक बहुत अच्छी जगह आपको लेके जाऊंगा वो जगह का नाम है बोको और बोको में स्थित पार्वती पहाड़ वहाँ पे एक टेम्पल है और वही टेम्पल को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और जितना हो सके मैं उसका डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा सो इसीलिए आप लोग मेरी वीडियो पे बने रही चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम भी आगे बढ़ते है

हैप्पी होली भाई हैप्पी होली बहुत टाइम है रखा दिन

आज फिर से मैं और किशोर निकल रहे हैं फिलहाल तो हम लोग घर से निकल चुके हैं आप लोग देखे ही है यहाँ से ज्यादा डिस्टेंस नहीं है आज एक ही बाइक पे दोनों आए हैं मेरा बाइक आज लेके नहीं आया मगर द कलरफुल्ड असाम दिस इज

also known by seven sisters state of northeast if you never ever visit to assam you must visit you can definitely enjoy in this state oh, bhai bhai.

mainai mainai that is the parvati pahad we have to go there and this is very amazing scene from here

Come to Sri Sri Parvati Devi Thaan. Our trekking start from here. It's around one kilometer from the main road.

रिच इंड पार्वती पहाड़ी चढ़ रहे हैं नीचे में हम लोग का पूरा पलटन आ रहा है आज होली का दिन था अनफोर्चुनेटली होली में ये वीडियो आप लोग को अपलोड नहीं कर पाऊंगा मैं और बहुत थक चुका हूँ आगे बहुत चढ़ाई चढ़ना है पता नहीं कितने कितनी चढ़ाई है

टेम्पल आप लोग देख सकते हैं महसूस नहीं कर सकते होंगे बट ये बहुत थका देने वाली अप है फॉर्चुनेटली यहाँ का जो रोड है ना यहाँ पे सीढ़िया बहुत कम है ये जो प्लेन रोड आपको दिख रहा है ना ये कंक्रीट से बनाया गया है इसीलिए चढ़ाई थोड़ा सा कम परेशानी वाली फील कराते हैं आपको और मैक्सिम जगह जो है प्लेन ही मिलेगा सीढ़ी जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे चढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है तो अभी हम लोग को और जाना होगा वहाँ तक लगभग

एक किलोमीटर होगा शायद

आप लोग वॉक करने में माहिर है ट्रैकिंग करने में माहिर है तो यू कैन एंजॉय दिस प्लेस जो इन सब में बहुत दूर रहते हैं उनके लिए ये काफी मेहनती काम है सो so, नीचे जाने के लिए इतना प्रॉब्लम तो नहीं होगा अमेजिंग ट्री पेड़ का छत

भगवान का टेम्पल है सबसे पहले में यही आता है और उसके बाद ऊपर में मेन मंदिर है कार्तिक भगवान। बहुत अमेजिंग प्लेस है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ स्टोन बीक स्टोन है अंदर में चप्पल लेने का अलाउ नहीं है इस सीढ़ी के सामने ही आपको रख के जाना पड़ेगा

Seriously India is a religious country that is why we love India

दिन में ही पे आपको जितना भी आदमी देख रहे हैं सब लोग यहाँ पे हमेशा आते हैं सबसे मेन पूजा पे होते हैं आपका भी हो सीजन में यहाँ पे एक बहुत बड़ा पूजा होता है तो, वही है। तो वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बोलिए अच्छे लगे लाइक कॉमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू डेट नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे तब तक के लिए।